समाज सेवा करने वाली बजमे नूरी की टीम ने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जहां लोगों की आंखों और दिल का मुफ्त इलाज किया गया बजमे नूरी टीम ने चांदा बीटा में शिविर का आयोजन किया जिसमें नेत्र जांच शिविर में देवजी नेत्रालय जबलपुर ने अपनी सेवा प्रदान की इस शिविर में दिल के मरीजों का भी उपचार किया गया हृदय रोग का इलाज और उसकी जाँच नागपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक इर्शाद पठान ने निःशुल्क की इस शिविर में मोतियाबेन के चिन्हित मरीजों को देव नेत्रालय भेजा गया जहाँ उनका ऑपरेशन किया जाएगा हमारे सोसाइटी में मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शूड बी प्रिवेंटिव और योर डिसीज दैन क्यूरेटिव मतलब आपके बीमारी का इलाज आपके हाथ में है अगर आप उसको टाइमली इंटरवीन करें तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो वो लाइलाज या फिर बहुत लेट हो जाता है तो, तो बीमारी को बढ़ने ना दे उसको पहले समझे अपने लोकल डॉक्टर की सलाह ले वो समझ में आए तो आगे इलाज करे ना समझ में आए तो बड़े रोकने की वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें